बढ़ेगी कुल मिलाकर आज आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा कोशिश कीजिएगा कि आज पक्षियों को को आप बाजरा को बाजरा डालिए, डालिए, कबूतरों तो अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वही वृषभ राशि के जात आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा भौतिक सुख संसाधनों में आज आपकी बढ़ोतरी होगी पूरे दिन एक नई ऊर्जा से आज आप पेश आएंगे आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा पैसों के मामले में आज प्रगति होती हुई दिखाई पड़ रही है जो पुराने अटके आज, आज आपके काम थे इसमें गति आएगी और पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज, आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न होगा जीवन साथी के सहयोग से आज, आज आप लोग कुछ खास काम पूरा करते हुए नजर आएंगे आज किसी अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपका संपर्क हो सकता है जो कि भविष्य के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर आज गणपति का आप लोग पाठ करिए और दशरथ के शनि का आप लोग पाठ करिए दिन शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट, शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तो मिथुन राशि के जात आज आपका दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा घर परिवार के साथ आज आप अपना ज़्यादा वक, वक्त वक्त एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे आज अपने घर परिवार बच्चों के साथ कहीं पर बाहर जाने का भी प्लान बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए और मिथुन राशि के हैं तो आज आपको तरक्की के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे धार्मिक कार्यों में आज आप काफ़ी बार चलकर के रुचि ले सकते हैं धार्मिक आयोजन का किसी हिस्सा बन सकते हैं कुल मिला करके आज का दिन बेहतर रहेगा मन चाहे सुखों की प्राप्ति होगी आज कोशिश कीजिएगा कि किसी विकलांग को भोजन जरूर कराइएगा और कुछ अन्न का दान आप लोग जरूर दीजिएगा जिससे आपको आपके प्रगति का मार्ग अग्रसर होगा सुख कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सामान्य करें तो बेहतर रहेगा। आ, कर्क के तो पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीवन साथी के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है रिश्तों में पुराने मामलों में जो है सुलझाने में परेशानी आएगी अपनी वाड़ी पर संयम रखने की आपको जरूरत रहेगी दूसरों के मैटर में अपनी राय देने से आपको बचना चाहिए माता पिता का पैर छुकर के आशीर्वाद लीजिए और गणपति का पाठ कीजिए जिससे आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनका आपको समाधान मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा सिंह राशि के जातको आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कुछ मामलों में जो है कुछ कामों में आज देरी हो सकती है खासकर करके लव पार्टनर की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं कैरियर में संवेदनशील फैसले लेने पड़ सकते हैं दोस्तों से किसी बात पर अनबन हो सकती है आज किसी को उधार पैसा न दीजिए किसी मामले में जो है बड़े कानूनी सलाहकार की आज मदद आपको मिल सकती है और आज वाहन सावधानीपूर्वक आपको चलाना रहेगा कुल मिला करके आज का दिन आपका सामान्य बीतेगा दुर्गा चालीसा का आज आप लोग पाठ करिए आपके संबंधों में मजबूती आएगी किसी नए प्रेम संबंध का आज देखिए जो है स्थापित होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है तो सिंह राशि के जातकों को उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा चालीसा का आज पाठ करिए दुर्गा जी के बत्तीस नामों का भी आप पाठ कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा वही कन्या राशि के जातकों तो आज आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग और साथ प्राप्त होगा समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी आज आप किसी सामाजिक कार्य का जो है हिस्सा बन सकते हैं ऑफिस में जूनियर आपसे जो है कुछ सीखेंगे आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे सभी लोग आपके साथ आज प्रेम पूर्व को व्यवहार करेंगे आज कोई बहुत बड़ा आज आपको फायदा हो सकता है धन संबंधी और जीवन साथी के साथ आज, आज आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिवलिंग पर दही अर्पण करिए जिससे आपको धन लाभ होगा और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा तुला राशि के जातकों आज कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा घर वालों के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है आज आपका पैसा कहीं फंस सकता है जोश में आकर के किसी काम को जल्दबाजी में मत करिएगा इससे आपको नुकसान हो सकता है फालतू तो खर्चों से भी आज आपको बचना चाहिए कुछ मामलों के कारण परिवार में उलझने बढ़ सकती हैं आज कोशिश कीजिएगा की आज गणपतिथर्म शीर्ष का पाठ करिए और आज गणेश जी को आपको दुर्बा अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और दिशा के लिए रहेगी उत्तर दिशा वृश्चिक राशि आज आपका दिन अच्छा रहेगा अच्छा बीतेगा लोगों के बीच आज आपकी एक अलग ही छवि रहेगी पार्टनर के साथ आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है अपनी राय और बातों से ज़्यादातर लोगों पर आज आप अपना प्रभाव जमा सकते हैं लंबी दूरी की यात्राएं सफल और सार्थक होगी मित्रों के साथ आज आपका संबंध बेहतर रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आपको गणेश जी पर एक हल्दी की गाठ आपको चढ़ानी रहेगी और ओम गंगा गणपतये नमः का 108 बार पाठ करना रहेगा मंत्रों का जाप करना रहेगा शुभ कलर आपका रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपका रहेगा ये रहेगा पाँच और शुभ दिशा आपकी रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा धनुराशि तो आज आपका दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी कामों में आज आपको सफलता मिलेगी बड़े भाई बहन और पिता का सहयोग प्राप्त होगा घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा आज, आज आपकी खुबी से दूसरे लोग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे कारोबार में फायदा होगा दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी दोस्तों से समय पर आज आपको मदद मिलेगी उच्चाधिकारी आज आपसे पसंद रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को मूँग का जो है मूंग की दाल या मूँग मूँग से बनी हुई कोई चीज़ आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वही मकर राशि तो आज कार्यक्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कठिन परिस्थिति में खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिएगा घर के आसपास किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा लव में आज कुछ आप जो है क्या कहते हैं परफ्यूम से रिलेटेड या खुशबूदार चीज़ों का दान यदि आप करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा और आज आपको मेहनत का फल मिलेगा दूर लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और ये यात्राएं सफल रहेंगी। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आज बहुत चुस्त दुरुस्त आप लोग रहेंगे आज आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा कोई आज आपको गुड न्यूज मिलेगी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है जो कोई लॉयर है जज है इनके लिए आज का दिन बेहतर गुजरने वाला है कोई बहुत बड़ा केस आज, आज आपको हाथ में मिल सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन बढ़िया रहेगा आपके काम की तारीफ होगी आज के दिन आपकी संतानों से आपको गुड न्यूज सुनने को प्राप्त होगी परिवार में कोई नए रिश्ते का आगमन हो सकता है और यदि अविवाहित है तो कोई विवाह का प्रस्ताव आप लोगों को मिल सकता है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा और उपाय आपको क्या करना रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिए कि दशरथ शनिस्त्रोत का पाठ करिए अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी मीन राशि आती है लेकिन दर्शकों अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे पर्सनली करवा सकते हैं तो मीन राशि के जातकों आज उधार दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं प्रातःकाल से यात्राओं के योग बन रहे परिवार वालों के साथ शॉपिंग पर जाने का आज मन आप लोग जो है बना सकते हैं प्लान बना सकते हैं खुद को काबिल बनाने की राह में आज आप लोग जो भी फैसला लेंगे वो कारगर सिद्ध होगा का। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी आज, आज आपके कार्यक्षमता का विकास होगा कारोबार में तो लाभ के योग बन रहे हैं किसी से मन की बात जो है शेयर मत करिएगा अन्यथा विरोधी आपकी जो है बातों का फायदा उठा सकते हैं आज कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं कोई नया हम शुरू कर सकते हैं अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर में आज आज आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है आज कोशिश कीजिएगा कि का एक बार आपको जाप करना रहेगा जिससे आपके मन की सभी मुरादें पूरी होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा रेड लाल रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा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 My beloved is far away.